एक बच्चे के लिए मापने को दिलचस्प बनाया जा सकता है आप स्केल या पैमाने के बजाय रोजमर्रा की कोई भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप एक पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं मेज कितनी पेंसिलों के बराबर लंबी है आप उन्हें दिखा सकते हैं कि मेज के एक छोर से पेंसिल को पंक्तिबद्ध करके दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए कितने की गिनती होगी एक दो तीन चार पाँच छ सात फिर मापने के लिए बच्चा अन्य चीजें ढूंढ सकता है मापने के उपकरण के लिए आप अपने पास किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं ऐसा करने से बच्चा मापना खेल खेल में सीख जाएगा